सो है वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो तो हम लोग फिर से आ गए एक न्यू और गेम प्ले प्ले के साथ जिसका नाम है zombie virus पहले तो covid नाइन्टीन था कोरोना वायरस अब zombie virus आ गया है तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं उससे पहले आपको वेरी वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और चैनल पे अगर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं ओके इसमें फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी बढ़ा लीजिए अच्छा रहेगा और कितने भाई मेरे जो हैं वो सब्सक्राइब करके भी अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं तो ऐसा ना करें जिसके फ़ोन से एक बार सब्सक्राइब हो चुका है वो एक ही बार सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद नहीं कर सकता जो भाई शॉर्ट गन मिली है अरे अरे तेरी अरे देखो जाओगे सब सब पूरी गैंग आ गई भाई अबे ना ना, ना। अब तो येला। येला। दे भाई अच्छा सब उड़े सब उड़ गए दिखी ना रहा कुछ पेट ही फट गया भाई पेट से निकल क्या है हो हो हो। मैं भी मर गया अबे मैं नहीं मर सकता शुरू होते ही खत्म हो गया गेम ओवर मुझे भी मार डाला यार भाई देख रहा कैसे चक्कर लेके आ रहे खेलने भाई साहब ऐसे तो हम ना खेल पाएंगे उड़ गया उड़ गया उड़ ओ ये देखो ये कैसे झुलती झुलती आ रही है ये ग्रेनेड से मारते हैं लोगों ओहो। आजा आजा आजा आजा आजा सबके सब, सब जा रहे है भाई अब इस बार तो लगता है मिशन कंप्लीट कर सकते हैं यो में इतनी सारी है वो एक साथ अभी सारी सारी उड़ गया भाई। सारी उड़ गया गया। भाई, भाई भाई पास पास। एक ही बची हुई है, है और डी तो तो मेरे पास। तो यार वीडियो को लाइक करो फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ये देखो शॉर्ट गन ही मिली मुझे इस बार में हो देखो हट हटे उड़ाद हट जा मारा हमने यार अब ये यो एक दौड़ता दौड़ता आएगा ये देख पहले दौड़ते दौड़ते ही तो उड़ा दिया अरे रेलौ तो हो जाने दे मेरी मां कहा आ रही तू लोग हट अरे चचा अबे आंटी रुक जा अरे भैया ग्रेनेड डालो सबक उड़े इनको पहले फोड़ो लो भाइयो भैया ओम भाई साहब सब, सब एक साथ उड़ गए क्या ही मारा है है यार यार ठीक नेक्स्ट मतलब मैं यहाँ इंट्रो दे रहा हूँ उससे पहले गेबी स्टार्ट हो गई मारे क्यों ना रहा है? आ, आ। ये गन बेकार है भैया अब यार मुझे गन चेंज करनी चाहिए थी तो भी ठीक है मार तो लेंगे ही हार रिले आंटी रुक जा ना ना ना ना यहाँ कैसे मार पाएंगे मार मार पाएंगे Headshot, ये ले, headshot, head, headshot, दोनों के दोनों यो कॉम्बो और अरे रे रे रे रे, ये क्या फेकर है भूत बना देंगे कुत्ता बना देंगे तुम लोगों को ओ! हम कैसे हटे लेव। लेव। लेव आंटी। हट जा यहाँ तो मेरा टसी नहीं काम कर रहा भाई जाट खाओ ये सीधा सीने में नर्स थी ये क्या ही मार है भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो आप लोग और ऐसे ही तगड़े तगड़े जॉम्बी आते रहेंगे हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना ना और चलो मुझे तो लड़ना है भाई अबे रुको ये सीधा उड़ के मेरे ही पास आ जा भाई उड़ रहा है सबका देख रहा क्यू क्या ही मार रहा हूँ मैं ये झूमती हुई भाई सर उड़ जा रहा है देख रहे हो न ठीक है मारो मारो ये देखो रहा हूँ नहीं नहीं नहीं उड़ा अबे रिलोड तो हो जाने दे भैया हट हट सर उड़ जाए तेरी फिर से ये लोग आ गए इन लोगों का तो समझ में नहीं आता इतने ये मोटे कुमार फिर से रिलोड अबे हट खोपड़ी फोड़ दे बस well, तू कहा से आ गई है लेर रहे अंडे जी के चित्र बितर हो गए चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल शाही मजार आ भाई ये ये देखो नहीं नहीं नहीं है है पता पता कौन सी गन है। खेलता नहीं तो मुझे कैसे होगी एक दो गन के बारे में पता है मुझे हट उठना रहा मु ये सीधा दौड़ के आता है मुंह पे मुंह पे मारे लो गर्दन उड़ा देते हैं हम, ये भी यो भाई। है, कौन आ रहा पुलिस अंकल। सब यहां ज़ोंबी बन चुके हैं सबके सब, सब। रिलोडेड अरे तो पास में चले जाओगे कहा मार भैया ये ये दो दो मार मार मार गया गया अब तो मैं गया। गेम गेम इज़ इज़ ओवर ओवर ले मुझे पता था देंगे सब अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से और अगर वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए और ऐसे ही हॉरर गेम प्ले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं तब तक ऐसे ही तड़कते भड़कते गेम के साथ तब तक के लिए बाय